उठ बनाओ बनाओ मेरी uh -oh. बच्ची। अब किसी रील डायलॉग धीरे धीरे सुन शिव मैं अब बार रील बनाई तीन घंटा लगा तैयार हो ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान है है है है है है है ओ रात करो दिन उगो टाइम देखना पड़े गो भी को दिखा नहीं चश्मे बिना तो ओहो भी तो बहुत हो रहा है लाइट रात की बारा बजन लाग रही है। रोला रप रह। तो मेरी तो नींद ही खराब करके रखती अब सारी रात मैं तो उल्लू की तरी आ फाड़ के बैठे जाना पड़ेगा नींद को नहीं आओगी इतना तो गांव चौखो अपने शहर का मैंने बहुत ज्यादा जला रो अरे धीरे बोल बापूला खाना खाया मेरे बाबू ने पखाना जाया जब भी रात ना फालतू पता जवाब न देके सो जा तो नहीं तो आज बाबू आराम सु तो <laughs> रेल की बजाय रेल बना दी मेरी <laughs> तो अब रेल क्या चालसी कोयला का लुक बिजली लिया गलो और सुख जा रहा है रातना आलो तेरे मेरी मर तेरी ना पानी को लोटो और को रखो नहीं टीगन बीनी एक पानी को लोटो टाइम पर को रख सके पानी पानी पी लो ज़्यादा तो गुस्सा ठंडो हो जाओं के के पर नहीं चिकने करे कोई छॉँट फटे तोड़े मन नहीं क्यों नहीं मालूम चल गो कहा है चाउमिन वो कांटो मिलसी नहीं जनिया कांटा में घुमा घुमा के आंटा में लेनी पड़ेगी <laughs> ए बीनना, ए बीनना, ए बीनना, ए, ए, ए, ए सोई के? अरे सासु पड़ेगे? पड़े लांग बाबू ला। okay. आयो, आयो। आ, क्या लाटी सो गोई अच्छा अरे मोबाइल हाथ का मैं लेके कुछ बाप सोवा है तो, ए ए लो उबासा लेती आ रही है तू भी सोगी लडी होने सोई ए फोन मचकावा अच्छा मैं तो कन नहीं सोई ए काला पीला भारी भारी साड़ा पहन गए रात ने कु तेरी मां सोवा के मन बताई तो अरे साफ़ साफ़ तो नहीं कि रात ने बापूजी को नाम रहा मोबाइल में सिंह <laughs> तो खड़ो <laughs> जा, जा, जा सुन रो कहते हैं जा क्यों बाबू जी ज्यादा चूप करिए मैं रेपिट का लू लो जा बटे ए नहीं। जा जा तू भी mm. और कह <laughs> आ अब दोनों जना बर्तन बांधो सारा का सारा What? एक दूसरे का समय के देखकर लाग रहा हो चलो फुर्ती करो शुरू हो जाओ हाँ अब जाता हूँ और नहीं हो तो एक काम और है मैं कहीं ना जो वो कर लो तो तो दिया अब अब काम काम बताओ कर कर कर लिया फेरा बनाओ है। चला चला हाँ ओ तो सुबह करना <laughs> तो नहीं पुल्लो पुल्लो ले आओ आ पकड़ो चार सौ रुपया का। अब रात ने 1:30 बजे जम्मू तो ट्रेन मैंने बैठ दो सौ तेरा चले जाओ इक्का अब रात में घर का मैंने जगह घर का मैंने लड़ी है चलने कौन तूने सो बार के दियो मैं रात ने बर्तन झूठा मत छोटा कर मत छोटा कर तू तो बर्तन तो छोटे जगह छोटे घर को डोड़ कर देख सत्याश कर दियो मलूम चलना के थोड़ा बहुत है अरे रात में जी घर का मैंने बर्तन जुटा रहा भी घर का मैंने दरिद्रता फैले बात बात के ऊपर लड़ाइया हुई बहुत ज्यादा क्यों क्योंकि मैं बर्तन है नी गाल निकाल भी सिंह मैंने बैठे बेटिया क्या बेटा आप तो जिम जिम सोगा और माना यही छोड़ दिया ज़्यादा मेरा गांव वाला की रीति रिवाज़ है छोड़ी रही अरे अब थाने कोई आपके आपके घरे काम वो काम, तो के तो के काम हो गो माना मारे घर भेजो और बे थारी बात नहीं मानसी तो थे गालिया निकाल सको निके आ तो लड़ी लाडी है बर्तन भी, भी है कब थे माने जे काम में ले लिया नहीं तो पाचा माने साफ सुथरा करके मारो घर जी को छिनको छिंको हैतन है, है जी का समझ रहा हूँ अब चलो लाडी फूट्टी करो दोनों जना कहते तो रसोई का मायने लाडी सटेशन जम्मू तभी तो इंतजार कर रही है एकदम चक्का चक्कर देखिए मैं जीबू चटा भी आ, बहुत दिन आई है अरे हूँ देखो टेडी आंगली नहीं करनी पड़ेगी तो तो hmm. <laughs> आ, आ, रुको रुको भाई एक मिनट रुको हैं चेक मन कर ठीक है अब जाओ सो है देख ये सकल रीला अरे तब आओगे बन देख तो ये लगी बूतरी बना ओके मेकअप किट मैं मैं पांच ही तैयार हो थे सोया ना ना रियल तो तो आज वीडियो वीडियो वीडियो वीडियो के के सभी किसी कोई बना बनाए गए आपने बढ़िया लाइक बहुत बहुत